भजन शाम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तेरे रहोगे करते होगे संसार सागर सा करते रहो, रहो कृपाना तबेश के मिलेंगे किसी दिन कृपाना कि तबेश सख मिलेंगे किसी दिन किसानाथ सख मिलेंगे किसी दिन किसगुन दुस संग पाठ उडरते रहोगे जो तो करते रहोगे संसार सागर करते रहो चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय के सदा तुम, चलोगे हृदय सभी के सदा तुम सभी के सदा तुम चलोगे हृदय सभी के सदा तुम पे हृदय सभी से सदा तुम जब भी मान अभिमान गीतरते रहो भजन शाम सुंदर न होगा कभी मन में तुम्हारे मन में तुम्हारे न होगा कभी न होगा कभी मन में तुम्हारे जो पनी बड़ाई से करते रहो वजन शाम सार सागर से करते रहो चल कहीं परे सिंधु का दिल कहीं पड़ेगा दया सिंधु का दिल चोरी बिंदु से रोज भरते रहो भजन शाम सुंदरगा करते रहो करते रहोगे भव करते रहो भवसा डर चरते रहो